मैंने गूगल में सर्च किया स्टॉक टू तो ये सब आ गया बाय नाउ टुडे फॉर लॉन्ग टर्म फॉर शॉर्ट टर्म फ्रॉम टम फॉर सेल टुडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक कल के लिए खरीदा जाए तो मेरे मानना ये है कि आप अगर कोई भी स्टॉक्स ले रहे हो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फंडामेंटली स्ट्रांग है तो टेक्निकली भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तो टेक्निकल्स आगे इंडिकेट करते हैं लेकिन आप पहले फंडामेंटल रिसर्च कर लो वैल्यूएशन देख लो फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख लो सब सही है मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक भी ऊपर जाएगा फाइनेंशियल खराब है तो मार्केट गिरेगा या फिर स्टेबल भी रहने पर भी ये सारे शेयर्स गिर जाएंगे तो हर सेक्टर में आपको अच्छे शेयर ख़राब शेयर्स तो पता होना चाहिए अच्छे मतलब फंडामेंटल्स अच्छे और ख़राब मतलब खराब फंडामेंटल्स तो चलिए मैं आज कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जो आने वाले दो तीन दिन में या फिर हो सकता है कल भी आपको अच्छा रिटर्न्स दे सके तो पहला मेरा स्टॉक है SHK SH खिलकर है ये क्या करते हैं परफ्यूम में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब ये सप्लाई करते हैं 2017 में ये स्टॉक्स मैंने चुना था बहुत गिर गया था लेकिन वापस आ रहा है तकरीबन बारह या पंद्रह करोड़ में ट्रेड हो रहा है लेकिन एक्चुअली इसका फेयर वैल्यू बताऊं कंपनी का एंट्रेंसिंग वैल्यू तकरीबन साढ़े तीन हज़ार करोड़ का है मतलब यहाँ से डबल होने का चांसेस है शेयर प्राइस अगर डबल होता है तो शेयर आपका फेयर वैल्यू तक पहुँचेगा ओवर वैल्यू बनेगा कितना आप बीस हो जाए तो अभी ये क्या हुआ है शेयर्स में मैं वीकली चार्ट में डाला हूँ फॉलिंग वेज बन रहा था ब्रेकआउट हो चुका है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है ऑलरेडी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को टच किया है सॉरी हंड्रेड मूविंग आपको टच किया है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है अगर यहां पर मैं आपको वॉल्यूम दिखा दू वॉल्यूम क्या है सॉरी वॉल्यूम अगर देखें तो ब्रेकआउट में वॉल्यूम भी थोड़ा बना होगा सुमाओ वॉल्यूम नहीं बनाएं लेकिन बन जाएगा इसमें क्या है वॉल्यूम बनने के बाद खरीदोगे तो इतने अट्रैक्टिव प्राइस में नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हम बाय रेकमेंडेशन करते हैं आ, वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो ये पोजिशनल है एक महीने या डेढ़ महीने तक आप रख सकते हो अगर कल परसों भी अच्छा पैसा दे देता दे है तो निकल सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स भी सही है तो यहाँ पर अगर मैं टारगेट्स के बारे में बात करूँ तो सिंपल है आपका जो पहला टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है दूसरा जो टारगेट है मैं फिबोनाची के हिसाब से ले रहा हूँ एक और जाके 200 तक आप ये स्टॉक्स रख सकते हो बाई के साइड में उसी तरह आप अगर स्टॉपलस करना चाहो स्टॉक को स्टॉपलस करना चाहो तो कहाँ पर स्टॉपलस करोगे सिंपली लो में नहीं तो रिसेंटली लो कहाँ पर बनाया है तो मैं यहाँ पे मेजर स्टॉपलस आपको दिखाऊंगा 135 पे पैंतीस 48 एक सौ इकतालीस में पैसा ट्रेड हो रहा है तकरीबन आपको तेरह रुपये का स्टॉपलस है और आपको टारगेट मैं दे रहा हूँ तकरीबन यहाँ से चौदह रुपये और दूसरा टारगेट बावन रुपये का तेरह रुपये का स्टॉपलस पंद्रह रुपये का टारगेट और बावन रुपये का टारगेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फंडामेंटली अच्छा है कंपनी और अभी ट्रेंड में आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक पैरामीटर्स बना दे रहा हूं यहाँ पे है स्टॉप प्लस रिबार्ड देख लेते हैं और ये होता है इसका टारगेट ठीक है तो यहाँ पे मैं देखूं तो 34% का आपको रिटर्न्स मिल सकता है 10% के लॉस के हिसाब से मैंने वन इज टू थ्री पॉइंट फाइव हम सोच सकते हैं वेरी गुड ये हो गया पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी हम आते हैं थ्री Infotech, IT share, IT share हम कब खरीदते हैं जब मार्केट डाउन जाता है मार्केट डाउन जाने पर आई टी फार्मा एफ प्रीमियम में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा सा उछाल देखने के लिए मिला है डाउन ट्रेंड में चल रहा था ब्रेकआउट तो हो चुका है तकरीबन तो 5 जुलाई में अभी क्या हो रहा है अभी आप अगर देखोगे तो ऑलरेडी साइड वाइज मार्केट में ट्रेड हो रहा था और ब्रेकआउट दिया है मैं यहाँ पे बाय रिकमेंड करूँगा 46 के ऊपर अगर चलता है प्राइस कल अगर पॉजिटिव में खुलता है तो बाय करना ना आप भुख लिये इसको पोजिशनल एज वेल आज ट्रेडिंग के लिए आप बाय कर सकते हो इसका टारगेट्स हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये आ गया आपका फिबोनासी रिप्लेसमेंट टारगेट्स में जो दे रहा हूँ आप वीडियो देख रहे हैं नोट कर लीजिए पेन एंड पेपर में मुझे बताइए मैं अगर गलत हो रहा हूं कहीं पे अगर कुछ होमवर्क करना है अगर मैं सही हो रहा हूं तो प्लीज़ इंकरेज कीजिए ठीक है ऑलरेडी मैंने होमवर्क किया हुआ है पहला टारगेट मैं जो लूँगा वो फाइव परसेंट में यहां पे फिफ्टी फाइव पर फिफ्टी फाइव में दस रुपये ऊपर दूसरा टारगेट जो मैं दूंगा वो ये हाई पे सेवेंटी टू पे ऑलरेडी प्राइस डाउन में चल रहा था यहाँ पर रिवर्स होने का बहुत ही चांसेस है तो सिंपली यहाँ पर स्टॉपलस भी रखेंगे एक स्टॉपलस यहाँ के लो पे रख लेंगे फोर्टी वन पर, चार रुपए का स्टॉप स्टॉपलेस है और यहाँ पे भी मैं आपको स्केल डाल के दिखा दे रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका सॉरी ये आपका हो गया बाइंग एरिया सॉरी बाइंग एरिया ये आपका हो गया स्टॉप स्टॉपलेस ठीक है और ये हो गया आपका टारगेट ठीक है आप डिसाइड कर लो आपको कितना हो रहा है टेन परसेंट का स्टॉपलेस है 57 परसेंट का टारगेट है ऑलमोस्ट 50 परसेंट का टारगेट है यहाँ पे क्या करना है पोजिशनल स्टॉक खरीद के बैठना है देखिए मार्केट में डिरशन पता चल जाता है वाइटिलिटी पता चल जाता है कौन सा स्टॉक बढ़ता है बढ़ेगा वो पता चलता है लोग लोग लॉस लो, कहाँ पे करते हैं लॉस करते हैं पोजिशन साइजिंग में मैंने अभी कहा बहत्तर तक चला जाएगा डाल दो एक पाँच लाख रुपये डूब जाओगे स्टॉपलेस भी दिया हुआ है डूब जाओगे ऐसा मत करना पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो अच्छे अच्छे स्टॉक छोटे छोटे हिस्सों में खरीदो हो सकता है ये टारगेट अचीव होने के बाद मैं टारगेट और भी बढ़ा दूँ ठीक है तो आज ही मैं सारा खाना खा के नहीं सोने वाला कल भी कुछ खाऊँगा परसों कुछ खाऊँगा हो सकता है दूसरे साल मैं कहीं और देश में और कुछ अच्छा खाना खाऊँगा ऐसा सोचिए ठीक है एक दिन में खाने का मत सोचिए मुर्गी का कहानी सुनाया था सोने का अंडे वाला राइट है चलिए अभी तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं तो ये दोनों स्टॉक तो मैंने बता दिया थोड़ा फंडामेंटली भी अच्छा है और आईटी आई टी शेयर है आईटी शेयर्स तो बढ़ने वाले हैं अभी हम बात करेंगे कौन से स्टॉक के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे हम बात करेंगे एनआरबी बेयरिंग्स किसको पता अगर नहीं है ये ऑटो एनसेलरी है ऑटो एनसेलरी में लास्ट दो हफ्तों में जितना भी ऑपट्रेंड आया है आप लोगों ने देखा होगा ये इस वजह से आया है क्योंकि ऑटो सेल्स में बहुत ही जोरों से तेजी आया है तो ऑटो सेल्स में अगर तेजी आता है आने वाले एक दो साल में इन सब का भी शेल्स बढ़ेगा क्योंकि ऑटो एनसेलरी तो लगेगा खराब होने पर सही है तो अभी ऑटो एनसेलरी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए हम तो एनआरबी बेयरिंग्स बहुत ही अच्छा शेयर है 110 में मैंने 2017 में खरीदा था, था बहुत अच्छे मुनाफे में बेचा था अभी भी उसी रेंज में मिल रहा है अर्निंग्स बढ़ा है वाइज भी है, राज की बात बता रहा हूं। अभी देखते हैं इसका टारगेट क्या ले सकते हैं कुछ नहीं सिंपली आप स्टॉपलस मेंटेन करिएगा वन पे ग्यारह रुपए का स्टॉपलस माइंड में बैठा दीजिए और टारगेट में पहले टारगेट लगा देता हूँ उसके बाद आपको फीवन से बताऊँगा तो मेरे हिसाब से यह एक टारगेट है और मेरे हिसाब से ये एक टारगेट है तो अभी फिवना से रिप्रेसमेंट के हिसाब से देख लेंगे कहाँ पे डालेंगे ये डाउन ट्रेंड अच्छा लग रहा है ठीक है एक सेकंड। ठीक है तो मैंने ये डाउन ट्रेंड लिया तो मैंने तकरीबन मैंने डाला था 157 में यहाँ पे टारगेट आ रहा है आपका 160 का तीन का डिफरेंस उसी तरह वन में मैंने टारगेट डाला था यहाँ पर आ रहा है वन का ऑलमोस्ट ट्रेंड चार्ट आप देखोगे सपोर्ट रजिस्टेंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे टारगेट लेना है और कहाँ पे सपोर्ट लेना है ठीक है मैं यहाँ पे आपको एक स्टॉप प्लस भी दे दे रहा हूँ 200 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे तो 2200 और 30 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दे रहे हैं तो अच्छा स्टॉक है अभी यहाँ पर मैं हम देखेंगे रिटर्न रिस्क एंड रिटर्न रिवॉर्ड्स वगैरह तो यहाँ पर वन में खरीदेंगे प्राइस और स्टॉप प्लस लगाएँगे वन पे टारगेट हमारा होगा ये तकरीबन 174 पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉपलेस आपका होता है सात परसेंट का और टारगेट आपको मिल रहा है कितना टारगेट आपको मिल रहा है 17 परसेंट का और अगर आप वीकली कैंडल चार्ट देखें तो ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है अगर आप में पेशेंस है तो ये स्टॉक पकड़ के बैठे ये स्टॉक का मैं बता दे रहा हूँ कहाँ तक जा सकता है ये वीडियो जब तक प्राइस जाए हो सकता है आप मुझे ढूंढो या ना ढूंढो यहाँ पे एक का टारगेट है एक सौ तिहत्तर रुपये कहाँ से नैकलाइन से नकलाइन से एक तो 173 ऊपर लगा देता हूँ 173 ओके तो ये हो गया आपका टारगेट फिवनसी रिट्रेसमेंट में देखें ये टारगेट में कोई रेंज जो है क्या जरूर मिलेगा सर सर आप लोग अगर देखोगे तो जरूर मिलेगा तो मेरा टारगेट है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हो डेढ़ दो साल के लिए थ्री फोर्टी फाइव का है टारगेट मिल जाए आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया ट्रेडिंग आइडिया कल के लिए ये तीनों स्टॉक में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा कल इंट्राडी कर सकते हो इसके साथ ही आप अगर पोजिशनल रख सकते हो तो ये तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं आई जो थ्री आई इन्फोटैक है उसको मैं थोड़ा अवॉइड करने कर ले कहूँगा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो साइकिलिक है हो सकता है आने वाले समय में आईटी के ऊपर ओपन एंड डाउन ऐप लेकिन अगर एसएच खेलकर और एनआरबी आर बता दो स्मॉल कैप है समझता हूँ डाइवर्सीफाई पोर्टफोलियो है अपने पोर्टफोलियो का पाँच अगर इसमें डाल देते हो तो अच्छा पैसा बनेगा बस इसका मतलब ये नहीं कि अपना पोर्टफोलियो इसी में समा दो आशा करता हूँ मैं जो कुछ भी आपको बताया समझ में आया होगा अगर मेरा कोई टर्म या फिर मेरा कोई चीज़ डिसिप्लिन के बारे में जो बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में क्लियरली बताइए सर ये जो बताया इसका मतलब क्या है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियरली आप समझें जितना क्लियरली समझेंगे उतना अच्छा पैसा बनेगा और जितना अच्छा पैसा बनेगा आप मुझे याद कर थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक